आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो सवाल ये है कि आदमी का दुनिया में कितना हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया आदम को में सिर्फ चार चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है तो वो चार चीजें आप सल्लाम ने कौन सी बतलाई बतला नंबर एक वो घर जिसमे वो रहता नंबर दो वो कपड़ा जिससे क्या करता है इंसान अपना सतर छुपाता तीसरी चीज खुश्क रोटी और चौथी चीज पानी रोटी जरूरी है पेट भरने के लिए पानी प्यास भजाने के लिए बाकी इन सारी चीजों के अलावा ये हमारा क्या जो क्या है कोई जरूरत की चीज नहीं है ये तो बस हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं तो बात समझने की